शाग्यू, वो जब इस बार दारी मारा था जाका। चम्पीसी में उन्होंने खराब कुश्ता, वो कुछ कहीं मुख्य रख कुश्ता। ये वो है, हम घाटा जो रहा है क्या करना? ये।